तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस और गाइस आज हम लोग एक न्यू रिकॉर्ड बनाने वाले हैं की के अंदर भाई 24 स्किल्स लिटरली पहली ही फाइट में अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी मैंने लास्ट वाली वीडियो में जो न्यू स्कॉल आई थी लेवल एट की उसको मैक्स किया था अब वैसे तो मैं ये वाला गेम प्ले बनाने वाला था कि न्यू स्कारल के साथ में भाई लोगों को दिखाएंगे क्योंकि इसका जो ग्लोरियस मूवमेंट है भाई कितना प्यारा है तुम लोग देखोगे तो पागल ही हो जाओगे तो बस अब देखते जाओ लेकिन जो चौबीस स्किल्स है उसका मेरे को भी नहीं पता था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा तो बस गए वीडियो को एंजॉय करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना भाई बहुत ही औसत वीडियो है चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना टू मिलियन करने बस मेरे को एंड शेयर जरूर करना अब चलो भाई शुरुआत होती है सबसे पहले गन लूटने से अब जैसी उतरे हेलमेट वेस्ट मिले लकड़ी गन भी मिली ग्रेनेड भी मिले और अब तो कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए कि क्या क्या नहीं मिला अब जैसे मुझे लूट मिली बिना टीम को इन्फॉर्म किए बंदों की तरफ निकल पड़ता हूं तो उस लोग वाले भाई चारों तरफ बंदे लेकिन यकीन मानो कोई बंदा स्पॉट नहीं हो रहा बस अब जैसे इधर की तरफ से गन फाइट के साउंड है मैं इधर की तरफ ही निकल पड़ा मगर जब तक तक आया तब तक पेटी बन चुकी थी। किल चुराने कोशिश की वो भी हाथ से निकल गया और इसी के साथ में पोचिंग की में हमारा खाता तो खुल चुका है भैया पहले किल से लेकिन बढ़ते हैं दूसरे बंदे की तरफ अब यहां मेरे टीममेट के पास थी और फाइनली हमें मिल जाती है। तो बस गए अब तैयार हो जाओ यार ग्लोरियस मूवमेंट देखने के लिए लॉक एंड फिर जरा देखो अब एक बार ग्लोरियस मूवमेंट को अरे भाई साहब फी फायर ओपी उस बंदे को हेड लगी अब यहां पर पॉल ने भी एक अनकू ग्रैंड फेंका और उसके बाद मैंने ग्रैंड फेंकता हूँ जिसका रिजल्ट तो पता ही है आप लोगों को भाई भाई, भाई भाई भाई भाई अब तक इस सारी लेवल में सबसे अच्छा ग्लोरियस मूवमेंट कौन सी गन का लगा कमेंट करके जरूर बताना लेकिन मेरा फेवरेट तो भाई यही रहेगा अब देखो देखो भाई हमारे टीममेट नॉक हो चुका था सामने पूरे एक आ चुकी थी तो देखो इस वाली को कैसे मारते हैं लेकिन सबसे पहले टीममेट को बचाना जरूरी था जैसे टीममेट कवर में आया मैं निकल बरता हूं बंदों की तरफ सो so गए जैसा कि हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीएमडब्ल्यू दो का जहां अठारह से ज्यादा कंट्रीज की टॉप टीम पार्टिसिपेट करने वाली है और आप सबको पता ही है कि इंडिया की टीम भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी अब जीतने वाली टीम्स को जो प्राइस मिलने वाला है वो मिलियन डॉलर्स में होगा तो इससे अंदाजा लगा सकती ट्राई करेंगी तो मैं तो एक भी मैच मिस नहीं करने वाला एंड मुझे यकीन है कि आप भी जरूर देखने वाले हो लेकिन देखने के साथ साथ अगर कुछ अर्न भी कर सके तो क्या ही बात होगी ना कम से कम अपने लिए हर रॉयल पास का जुगाड़ तो हो ही जाएगा लेकिन यह सब होगा कैसे मैं बताता हूँ हम सबके पास बेसिक नॉलेज तो है ही गेम की तो उसी का यूज करके परी मैच पर प्रेडिक्शन करनी है कि कौन सी जी टीम जीतने वाली है बस इतना सा काम है अगर आपकी टीम जीती तो आपको मिल सकते हैं अच्छे प्राइजेस तो है ना कितना आसान और परी मैच की खास बात पता है क्या है कि इसमें बहुत ही कम डिपॉजिट के साथ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनकी 24*7 कस्टमर सर्विस इतनी फास्ट है कि चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व एक राज की बात बताऊं यह सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी परी मैच अभी अपने न्यू यूजर्स को 150% डिपॉजिट बोनस दे रहा है और एक न्यू स्पेशल गिफ्ट भी तीन प्रेडिक्शंस के बाद एक प्रोडिक्शन आप फ्री में कर सकते हो मैं तो जा रहा हूं किस चीज कामेंट बॉक्स अब नाली वाले, वाले बंदों को तो हम लोगों ने मार दिया और वहां भी आप लोगों ने काफी अच्छे ग्लोरियस मूवेंट देखे होंगे बट अब इसके बाद में जैसी आए थ्री स्टोरी में बंदा दिखाओ और एक बंदा लेफ्ट में ने उस बंदे को तो नॉक कर दिया लेकिन मेरी गलती थी बाहर आया तो एक ग्रैंड अंदर टीम नॉक हो गया यकीन मानो बॉट किसी भगवान के रूप में ही आया था अब जैसे मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ छत पर चढ़ने के लिए तभी भाई साहब ये बंदा फंस गया और अब इस बंदे को यार जैसे मैं इस बंदे के पास जाता हूँ अब ये बंदा बात करता है लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि अभी बंदे बहुत है एक काम करो तुम वापस से आ जाओ रिकॉल होकर हम आपस में बात करेंगे लेकिन अगर मैं तुमसे बात करने में पर तो भाई बंदे आपस में ही मर जाएंगे अब उसके बाद में सड़क क्रॉस करके हम लोग इधर आते हैं और जैसे ही आए तो मुझे डाउट हुआ कि इस घर में कोई तो बंदा है मैं सबसे पहले अपने टीमेट को आगे भेजता हूँ जैसे कन्फर्म हुआ इज इन ऑफ अब इसके बाद में एक बंदा यहाँ थ्री स्टोरी में भी था ठीक है हम लोग को एकदम थाउंड लेकिन जैसे इसको नॉक करता हूं तो पता चलता है कि ये वही बंदा है जो हमसे मीटअप करना चाह रहा था तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ लेकिन एक और बंदा पीछे से आता है लेकिन ये उसका टीममेट था तो यहां पर हमने इन दोनों को छोड़ दिया कि चलो भाई तुम पहले रिवाइव वगैरह हो लो आराम से बात करते हैं अब जिस दौरान हम इनसे बात कर रहे थे तभी पोचिंग की में और भी बंदे आते तो इनको छोड़ के हम आते हैं सबसे पहले बंदों की तरफ अब जैसे यहां आए ये छत वाला भैया ओ बंदा इसको नॉक किया अब यहां जो ये मुझे जीवन दान मिला है ना भाई क्या ही बताऊ इसके लिए अब यहां उस बंदे को मौली लग चुकी थी मैंने जल्दी से एक फर्स्ट लगाई अपना किल लेता हूं पहले अब क्योंकि अभी वो बंदा बूस वूस लेने में बिजी होगा तो जल्दी से भाई कवर में आता हूं अब मैं तो कवर में आ गया सामने एक बंदा भी था लेकिन पीछे से मेरा टीमेटॉक हो जाता है तो तो तो सबसे पहली अपने टीममेट को देना इसीलिए पीछे आया तो इसको दिया लेकिन भाई ये बंदा बंदा रश कर रहा था तो ग्लोरियस तो बनता है अब एक हमारे घर में ऊपर था देखो मैप में दिख रहा होगा उसका फुटप्रिंट तो मैं यहाँ पर बाहर नहीं जाता अपने टीमेट को बुलाता हूँ उसको रिवाइव देता हूँ और उसके तो बाद अब करेंगे ऊपर वाले बंदे पर रश मैंने ग्रेण की पिन खींची फेंका आए हाय हाय हाय मजा ही आ गया भाई क्या ही ग्रेण था और अब ध्यान से देखो भाई इस बार इस ग्लोरियस मूवमेंट को औसम awesome और तुम लोगों को पता है एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं जब टेम्पल पे ऊपर गया था और मैंने जब इस आ, मतलब ग्लोरियस मूवमेंट बनाया था इस कारण से तो भाई इसमें से ना क्रिस्टल के फूटने की आवाज भी आती है मैं तुम लोगों के साथ में वो क्लिप शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बट फिलहाल भाई फाइट ही इतनी खतरनाक है कि कुछ और दिखाने का मन ही नहीं कर रहा भाई देखो जरा पोचिंग फाइट अभी अब यहां पर देखो एक बंदा छत पे था और एक था मेरे टीममेट के सामने तो मेरा टीममेट तो नीचे वाले बंदे से फाइट ले था और मैं छत वाले गेड़ फेंक रहा था लेकिन वो राइट में था और उसने मुझे लिट कर दिया लेकिन पॉल ने उस बंदे को नॉक कर दिया और उसके बाद मैं घर वाले बंदे को बोलता हूं इधर ऐसे भागता है नॉक फिनिश लेकिन अब इसके बाद में यहां के बंदे सारे खत्म हो चुके थे अब पॉल की तरफ बंदे बचे थे तो हम लोगों के पास यहां एक बग्गी पड़ी थी तो मैंने बोला कि बग्गी लेके सीधा रश करते हैं ना पैदल जाएंगे तो नॉक होने के चांसेस भी हैं तो बग्गी उठा के सीधा बंदों की तरफ घुस पड़ते जैसे यहां पर आए अब सामने वाले घर से मेरे क्लियरली साउंड आई तो बंदा है जैसे यहां आया अब यहां भाई पता ही नहीं चला गया कि जब मैंने खिड़की क्रॉस करी तब वो जंप कर रहा था लेकिन मैंने भाई माइक ऑल पे करके इस बंदे को सबसे पहले सॉरी बोला क्योंकि मुझे सही में नहीं पता था कि ये बंदा मीटअप करना चाह रहा है तो भाई इस बंदे के पास आके सॉरी बोलता हूँ इसको भी बोलता हूँ काम करो वापस आ जाओ रिकॉल हो तो यह भी भाई बदले में ठीक है ठीक है बोल देता है बट फिलहाल गाय सोलह किल हो चुके हैं तो प्लीज भाई अभी तक जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं कर ठोक दो एक लाइक और अब देखो पूरी पौड़ी एक यूएस और इनका एक बंदा अभी मेरे टीम एटेन नॉक कर दिया बचे बाकी के तीन बंदे मॉली फैक्ट के आगे करता टू दो बंदे नॉक ब्रोकन अब एक बंदा जो ब्रोकन पे नॉक था शायद रिवाइव दे रहा होगा लेकिन नहीं फिर मैं तुक्के से फायर करा तो भाई डैमेज आया और बंदा भी तक गया तो भाई ये थी एक आई स्किल मेरे को ना तीन और भाई साहब देखते देखते सेकेंड में पूरी स्कॉर्ड यहां पे फिनिश हो गई लेकिन वही बंदा जिसको मैंने अभी फिनिश किया था भाई वो रिकॉल होके आ जाता है तो इस बंदे से हम लोग इससे पहले की बातचीत करते अभी सामने कुछ और बंदे थे बंदे हैं यहां तो इस बंदे को मैंने बोला कि अभी भाई पहुंचेंगे अगर मीटअप करेंगे तो क्या पता कोई हमको मार दे इसीलिए अभी थोड़ी देर तुम एक काम करो यहीं के छिप जाओ हम बस बंदों को मार के आते हैं तो इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं इधर वाले बंदों की तरफ जो की वापस से थ्री स्टोरी की तरफ थे अब ये वाला बंदा तो मेरे एक टीममेट को ऑलमोस्ट खा ही जाता है ये मान लो लेकिन एंड मोमेंट पे जो मैं पहुंचा ना भाई उसको बचा लिया लेकिन भाई अब यहाँ किल्स पे एक बार नजर 20 ट्वेंटी हमारे हो चुके हैं और ये देखो अभी भी चल की में इसका मतलब समझ रहे हो अभी रिकॉर्ड का जो आंकड़ा है किल्स का वो और भी ऊपर जाने वाला है अब यहाँ पर मैं जैसी आया तो जैसे मैंने तुम लोग बताया थ्री स्टोरी पे अभी बंदे थे मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और देखो सीडियो के ऊपर बंदा दिख रहा है मेरे को फुल को ग्रेनेड बूम एक बंदा नॉक की पिन खींचता हूं क्योंकि वहां एक और बंदा था लेकिन उस बंदे को किसी और ने नॉक कर दिया बाइजन से और मेरा जो नॉक था वो ग्रेड से फिनिश हो गया लेकिन इसके बाद हम दूसरा फिनिश चुराने के लिए ऊपर जाते हैं कि तभी मेरा टीममेट मेट नॉक हो गया तो सबसे पहले तो देखो तो यहाँ पर कभी भी रिवाइव मत देना अपने टीममेट को मैंने उसको भी वापस या सीडियो में बुलाया क्योंकि अगर ग्रेनेड आएगी ना तो बस सीडियो के पास ही रह जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है तो रिवाइव दो ना तो भाई ऐसी जगह पर जो ग्रेड ना आए अब मैं जैसे ही यहाँ पर भाई अपने टीमेट को रिवाइव करता हूँ उसके बाद मैं सामने उस में सामने स्कॉड हाउस में ग्रैंड फेंक के रस करने की तैयारी हमारी चल रही थी बट ग्रेड मेरा परफेक्ट नहीं जा रहा था और फाइनली इस लास्ट ग्रेड के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी हो रस तो करना ही है ग्रैंड फेंका और यहां मेरे टीममेट एक नॉक्टर काला से, से टीममेट को बता रहा है अपने को। फायर फायर चालू कर, फायर चालू कर कर भाई मुझे तो लगा तो कि शायद वो बंदा अब फायर नहीं करेगा लेकिन वो कंटिन्यूस फायर करता गया जिसके चलते मैं लॉक हो गया बट वो सब छोड़ो ये वाली टीम को जैसे ही मारा तो यहां और भी बंदे हमारा इंतजार करके बैठे हुए थे एक तो चार चे बैठा था एक राइट साइड बैठा था तो सबसे पहले मैंने बोतल पी, गन को किया रिलोड और इंतजार करता हूं इसके पीक का लेकिन तभी राइट साइड से फायर का साउंड आता है तो पता चलता है कि जो राइट वाला बंदा है वो शायद कुछ ज्यादा ही क्लोज है और भाई ये जो और मुझे पता था कि अब ये बंदा जोन में तो जरूर आएगा और भाई इस बंदे को यहाँ पे हो जाते हैं ट्वेंटी और इसके बाद मैं ज़ोन में भाई जैसे जोन आए, हमने कि चलो जल्दी से भागते और इसको मार के भाई यहाँ हमारे 24 फिनिश हो जाते हैं और लिटरली भाई साहब अब यहाँ पर मुझे बस तो एक ही डर था कि भाई हम लोग यहाँ पर कोई बंदा छुपके ना मारते बट इसके बाद हम लोग जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ आ गए जोन के अंदर क्योंकि भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया ना वहाँ पर फाइट में कि पता ही नहीं चला कि कब छोटा वाला सर्कल बन गया लेकिन जो भी थ्री सीटर मिला ना आगे जाके पैदल वैदल आके और हम लोग यहाँ आ गए और जैसे यहाँ पर आए मेरे टीम ने इस पहाड़ी पर बंदा नॉक निकाला और जैसे उस बंदे की तरफ फ्रश करते हैं दोनों बड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब इसका भाए। मतलब इसने रिवाइव ही नहीं किया था अपने टीममेट को तो यहाँ भाई 25 रनों आते लेकिन जो 24 किल का रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को बताया था ना भाई वो सिर्फ पोचिंग की कही था अब एक चीज तो तुम लोगों को पता ही है देखो बंदों के मारने के मारने बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना भाई वो कभी कभी लेट डूब है तो यहाँ पर भी कुछ हमारे साथ ही होने वाला है क्योंकि हम लोग आज स्कॉर्ड में खेलते थे ना तो फुल रश कर खेल लेते हैं जब से सीजन आयाओ तो के ही गेम प्ले दिखाए एंड आई थिंक ये फर्स्ट स्क्वार का गेम प्ले तो इसलिए हम फुल रश करके खेल लेते हैं मैंने पॉल को बोला पॉल बगीला सीधा बंदों पर ठोकते हैं यार तो बस उठाई बगी और देखो बागे क्या होता है बंदे हैं अब जैसे यहां पर आए तो मैं सबसे पहले पेड़ के कवर में जाता हूं लेकिन काश अगर राइट से पिक की होती तो ये बंदा नॉक हो जाता और मैं नॉक नहीं होता यहां पर लेकिन मैं जैसी नॉक होता हूं तो पॉल तो उस बंदे को नॉक कर देता लेकिन जय एक और दूसरा बंदा आ जाता है अब यहाँ पॉल ने मुझे बताया कि उसने उस बंदे को काफ़ी मारा हेड भी दिए लेकिन पता नहीं बंदा क्यों नॉक नहीं हुआ तो बोला शायद उसका नेट का इशू हो गया जो भी है बट यहाँ हमारी इस कहानी का अंत हो जाता है इस टीम के जरिए और भाई क्या ही बताएँ तुम लोगों को मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ ग्लोरियस मूवमेंट देख के इस का और उसके बाद में कोचिंग की मैं किल करने के बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूँगा बट फिलहाल तुम लोगों को आज का ये गेम कैसा लगा इस कॉमेंट क्योंकि जो बताना अब अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ यार इसे लाइक एंड बाई तो प्लीज़ यार इससे लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ने ख्याल रखना अपना बाय बाय जय हिंद वंदे मात्रा मैंड थैंक्स फॉर वॉचिंग